तूने जो करा मेरे साथ तेरे साथ भी वही हुआ और सुना है तुझे छोड़ गया तेरा नया वाला बहुत सही हुआ